सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और खुशियों का खजाना इसके सारे घटनाएं और पात्र काल्पनिक है इसका किसी से संबंध मात्र एक संयोग कहा जाएगा हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं <laughs> बहुत बड़ी रेल दुर्घटना इसमें सब मारे गए मगर एक खुशनसीब बच गया कैसे हुआ यह हादसा आइए आपको ले चलते हैं। उस युवक के पास जो इस घटना का चश्मदीद गवाह है एक साथ इतने सारे आखिर यह हुआ कैसे यह सब रेलवे वालों की कारस्तानी है क्या मगर रेलवे वालों ने ऐसा क्या कर दिया हम सब ट्रेन के इंतजार में प्लेटफार्म पर खाने थे तभी रेलवे वालों ने घोषणा कर दी कृपया ध्यान दे जम्मू की ऐसी जाने वाली ट्रेन संख्या एक नौ दो आने वाली है तेरी ट्रेन तो इसी भी आ रही है सब ट्रैक पर कूद बने यह तो बहुत बुरा हुआ मगर तुम कैसे बच गए तो घर से लड़ झगड़ कर आया था इसलिए रेलवे ट्रैक पर खड़ा था जैसे ही रेलवे वालों ने घोषणा की कृपया ध्यान दें जम्मू की से होकर जाने वाली ट्रेन संख्या एक नौ दो छह प्लेट फॉर्म आरोप आने वाली है मैं पर फार्म गया आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी और बैलाई तो नवश्य दबाए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको तो